मॉर्निंग टू ऑल इंडियन मैथ ए टू जेड फैमिली में आपका स्वागत है मैं श्याम कुमार ठीक हूँ उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे सीटेट टेट में होने वाले एग्जाम की तैयारी मैंने uh, प्रारंभ करवा दिया है ठीक है और सी डी का वीडियो मैं लगातार डाल रहा हूँ ठीक है याद रखिएगा 8 बजे शाम में मेरा वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड होता है ठीक है आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखें मेरे मेरा चैनल का नाम है इंडियन मैथ ए टू जेड उसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस वीडियो का लाभ मिल सके ठीक है और मेरा नंबर है सेवन नाइन सेवन डबल नाइन सिक्स नाइन जीरो इसको आप नोट करें किसी भी तरह का क्वारी हो या किसी भी तरह का जानकारी हो आप इस नंबर पर बेइिजक आप जो है मैसेज करें ये चौबीस घंटा अवेलेबल रहता है उसको आप कीजिए ठीक है और आ, मेरे साथ जुड़िए आज के लिए इतना ही जय हिंद धन्यवाद